जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तू देना साथ मेरा वो हम न पा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़े